फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी अंडा कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी इस तरीके से आप ये अंडा कड़ी बना के जरूर देखिएगा ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है तो रेसिपी देखिए पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं थाउजेंड आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पर पाँच उबले हुए अंडे और अंडे को मैंने ऐसे दो टुकड़ों में काट लिया है दो टमाटर टमाटर चार हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया देखिए और इन तीनों को हम मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे टमाटर मिर्च और धनिया सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे दो चम्मच बटर बटर को हम पहले मेल्ट कर लेंगे बटर जब गर्म हो जाए डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे और चारों ओर पैन में इस तरीके से फैला देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और एक एक करके अंडे इसमें डाल देंगे एक डेढ़ मिनट के लिए हम दोनों तरफ से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे अंडे मैंने डाल दिया है 30 सेकेंड हम एक तरफ फ्राई करेंगे फिर हम एक एक करके सभी पीस को पलट देंगे 30 सेकेंड बाद हम एक एक करके सभी अंडे को पलट देंगे और 30 सेकेंड हम दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से जब अंडे हमारा फ्राई हो जाए हम निकाल लेंगे प्लेट में अब हम पैन में डालेंगे दो चम्मच तेल और तेल को पहले गरम करेंगे। जब गरम हो जाए डालेंगे हम एक चम्मच साबुत जीरा जीरा को हम पहले फ्राई कर लेंगे जीरा फ्राई हो जाने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे एक बड़े साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ा करके गैस का फ्लेम हाई करके हम प्याज के कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे गैस का कलर जैसे ही हमारा चेंज हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट अदरक लहसुन डालने के बाद हम एक मिनट और भून लेंगे एक मिनट अदरक लहसन को भून लेने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे कर देंगे और डालेंगे ड्राई मसाले एक चम्मच कसरी रेड चिली पाउडर डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर हल्दी डालेंगे हम हाँ, आधा चम्मच और जीरा पाउडर डालेंगे हम हाँ, एक चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और मसाले को एक मिनट और हम भूनेंगे सले जब हमारा भून जाए हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर धनिया का पेस्ट जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के पानी भी मसाले में मिला लेंगे और दो तीन मिनट हम गैस का फ्लेम हाई करके मसाले को भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग न दिखने लगे। मसाले हमारा अच्छे से भून चुका है आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे अब हम डालेंगे यहाँ पे एक चम्मच पाव भाजी मसाला एक चम्मच एक बार हम मिक्स करेंगे और डालेंगे हम यहां पे पानी पाव भाजी मसाले डालने से अंडा कड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाले डाल सकते हो यहां पे। तो देखिए मसाले अब हमारा भून चुका है डालेंगे करीब एक कप पानी एक बार हम मिक्स करेंगे और पहले ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी और डाल देंगे हम यहाँ पे फ्राई किए हुए अंडे अंडे डालने के बाद एक बार हम मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके हम ढक देंगे तीन से चार मिनट के लिए चार मिनट बाद डालेंगे हम ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ग्रेवी आप अप अपने हिसाब से यहां पे एडजस्ट कर सकते हो और मैं यहां पे गरम मसाले पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूं अगर आप चाहो तो यहां पे डाल सकते हो आधा चम्मच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 तो फिर इस तरीके से आप ये अंडा कड़ी बना के ज़रूर देखिएगा उम्मीद है आप सभी को पसंद आएँगे तो इसे बनाइए खाइए फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार